इंसान चाहे कितना भी खुश क्यों ना हो लेकिन जब वो अकेले होता है तो वो सिर्फ़ उस इंसान को याद करता है जिसे वो दिल से प्यार करता है